जी मोटो गी। मतलब गेड़ा में? अरे मोटो यो मोटो मतलब में अरे है, मतलब है पेपर <laughs> <laughs> डॉक्टर साहब मेरे पेट दुख है देखो नी। पेट दुख है हाँ। एक है एक मिनट तो अरे तो काना मैं यार कान आगे मिड़िया कौन मैं यार एक काम करू मैं बाईपास पेड़ थोड़े हाँ हाँ हाँ पेट थोड़ा एक मिनट हाथ ना हाँ पेट में तेरे दिक्कत है थोड़ा सा दिक्कत हाँ, दिक्कत दिक्कत है दिक्ष्ट है आ, कोई कोनी तू रोटी एक रहे रोटी तो डॉक्टर हाँ. हाँ, साहब भी होटल पर कद खाऊ ही खाऊंगा आप गावां में सदी वे भी शुद्ध तीन दिन या पाँच दिन पहली बान बैठे और बान बैठे जगह दिन के हुआ कि घूघरी बांटे अब घूघरी बंटे आजकल अगर घूघरी बंटे तो लुगाई क्या कैसी ना ये मंजड़ी माँ मरजानी घूघरी कौन खाए आजकल कोई खाई को मैं तो मेरे लिए पोती न गाल गई दी बाटकी जो बाटकी या फिर से बन गई अरे बई लुगाई अगर जे बन घूगरी नहीं दे तो बई कैसी ना ये मंजड़ी माँ मरजानी ये बात थोड़ी डीढी करें एक डॉक्टर साहब मेरे कान कान हाँ। बोलो तो कड़के है बोलो तो तो को थे मेरे और ये तो मैं सुख पाऊ देख कंफर्म बता अगर मरने की सलाह है तो मैं बिनी साबुन लिखे दियो। <laughs> <दो मैं> <laughs> जक्का भाई के गाव ब्याह मंडे भी ब्याह के ग लु जमें बह भाई बेटा थोड़ी सी सब्जी ली बेटा एक गिलास गिलस को भर दे ज़िंदगी दी देख ना नहीं की हो रही है लोग बटकाऊं खाएं को हजार मांगे तो पाँच सौ मांगे तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो वीडियो ने लाइक कर दिए और कमेंट कर दिए और ज़्यादा जाद से ज़्यादा शेयर कर दिए राम राम